हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी वाला बेल बैलाइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप इसे आगे शेयर करना